देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर से जितना हमें अमाउंट लेट मिलेगा उतना हमें प्रॉब्लम होती है क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादा हो जाती है उसकी लेंथ बढ़ जाती है और दैट इज़ नॉट गुड ठीक है तो हम हमारे पास एक सोल्यूशन ये है कि अगर हमारा कस्टमर फॉर एग्जाम्पल हमें फोटी डेज में पे कर रहा है तो हम उसे ऑफ़र दें कि अगर वो हमें जल्दी पे कर देता है से सपोज अगर वो हमें थर्टी डेज में पे कर देता है तो हम उसे वन परसेंट डिस्काउंट ऑफर कर, इसको कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ठीक है अब अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का फायदा होगा या नहीं होगा उसको इवेल्यूट करना है हमें अब फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है तो जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि डिस्काउंट का फायदा क्या होगा और क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए डिस्काउंट से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें दी गई फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ऑफरिंग डिस्काउंट नंबर वन फैक्टर जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ओवर अगर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो कस्टमर हमें जल्दी पे करेगा जब कस्टमर हमें जल्दी पे करेगा तो हमें बैंक से कम ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा तो एज ए रिजल्ट हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होगी हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी एक फैक्टर है कि हमें यह देखना है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है और डिस्काउंट का अफेक्ट कितना है उसको देखना है फिर हमें दूसरा फैक्टर कंसिडर करना है लिक्विडिटी डिस्काउंट देने से हमारे पास जो कैश आएगा वो ज्यादा होगा या कम होगा उसे देखना फिर यह है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं मुख्तलिफ कस्टमर्स को तो कोई डिस्काउंट लेगा कोई डिस्काउंट नहीं लेगा क्या हम उसे मैनेज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज तो नहीं आएंगे दूसरा ये है कि जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है ऐसा तो नहीं है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं बाकी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा और ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री में डिस्काउंट मिलता है और हम डिस्काउंट नहीं दे रहे फिर उसकी परसेंटेजेस देखी जाएंगी और दूसरी चीज़ ये है और चीज़ की डिस्काउंट देने से हमारी सेल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा बाज दफा क्या होता है डिस्काउंट देने से सेल्स भी बढ़ जाती है बेनिफिट्स ऑफ सेटलमेंट सेटलमेंट डिस्काउंट। डिस्काउंट से फायदा क्या होगा फायदा नंबर वन कैश जल्दी रिकवर हो जाएगा बेड डेट्स के चांसेस कम हो जाएंगे सही कस्टमर जल्दी जल्दी खरीदेगा ज्यादा ऑर्डर्स देगा इन्वेंट्री जल्दी बिकेगी टन टर्नओवर पॉजिटिव होगा अच्छा हो जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा बैंक ओवर ड्राफ्ट अब हमें एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल दिया जा सकता है कि ये इवेल्युएट करो कि डिस्काउंट देना चाहिए या डिस्काउंट नहीं देना चाहिए तो उसकी कुछ कैलकुलेशन है वो हम करते हैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को इवेल्युएट करने की ये एक फार्मूला दिया है। ये फार्मूला डिस्काउंट की एनअल कॉस्ट निकालने का फार्मूला है इससे हम क्या निकालते हैं कि जब हम डिस्काउंट देंगे तो उसकी कॉस्ट होगी यानी कि अगर एक शख्स को वन थाउजेंड हमें पे करने हैं और अगर मैं उसे 5% डिस्काउंट देता हूँ तो वो मुझे नाइन पे करेगा तो ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं डिस्काउंट की वजह से हमारा कैश फ्लो कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं डिस्काउंट की कॉस्ट को एग्जाम्पल डिस्काउंट की कॉस्ट है 10% परसेंट पर एन इस डिस्काउंट की कॉस्ट को हम इंटरेस्ट की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की कॉस्ट है 11% परसेंट पर एन अब जो डिस्काउंट की हमारी कॉस्ट है वो 10% है और ये जो इंटरेस्ट है ना ये हमारा बेनिफिट है जितना जल्दी मिलेगा उतना ओवर कम होगा उतना इंटरेस्ट सेव होगा तो ये कॉस्ट आ गई ये बेनिफिट हो गया अगर फॉर एग्जांपल हमारी बेनिफिट ज्यादा है डिस्काउंट की कॉस्ट कम है तो हम कहेंगे डिस्काउंट देना फिजिबल है और अगर उल्टा हुआ तो हम कहेंगे डिस्काउंट देना फिजिबल नहीं उसका तो सॉल्यूशन क्या होगा हम इंटरेस्ट की परसेंटेज को देखेंगे अगर वो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट से ज्यादा है तो क्या डिसीजन होगा डिस्काउंट देना इज गुड डिस्काउंट देना इज फिजिबल और उल्टा हो जाएगा तो फिर हम मना कर देंगे कि डिस्काउंट नहीं देना चाहिए अब इंटरेस्ट की कॉस्ट तो एग्जाम में गिवन होती है डिस्काउंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है एक फॉर्मूला है जिससे हम डिस्काउंट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और ये यह फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है निकालने का क्या निकालने का एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इस फॉर्मूले में हमारे पास है वन प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई अमाउंट लेफ्ट टू पे और पावर नंबर ऑफ पीरियड्स माइनस वन नंबर ऑफ़ निकालने का फॉर्मूला है 365 साल 365 साल दिया हुआ वीक्स दिए दिए हुए हुए तो तो 52 मंथ्स तो 12 ठीक है और नीचे जो हम डिवाइड डिवाइड करेंगे करेंगे वो करेंगे, कितने दिन जल्दी हमें पेमेंट रिसीव होगी तो इसके अंदर हमारे पास हमें दो चीजें चाहिए इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए एक हमें डिस्काउंट चाहिए और दूसरा हमें टाइमिंग चाहिए कि कितने दिन के अंदर जल्दी पेमेंट होती है तो हम यह फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं फार्मूला फार्मूला में लिख देता हूँ दोबारा कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास वन प्लस डिस्काउंट अमाउंट लेफ्ट पे तो फार्मूला बन जाएगा वन वन प्लस डी हंड्रेड माइनस डी थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई टी माइनस वन इस फॉर्मूला को मैंने क्लेरिफाई कर दिया अब इसके अंदर डी क्या है डिस्काउंट <laughs> इसके अंदर डी है डिस्काउंट कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं और टी इज रिडक्शन रिडक्शन इन डेज To obtain discount. अगर ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाए तो हम क्या calculate कर सकते हैं हम annualized cost calculate कर सकते हैं On the basis of के हमारे पास percentage क्या है और किस तरह से calculate करेंगे ठीक है अब इस सवाल में देख लेते हैं <laughs> सले है सेल्स ऑफ 20 मिलियन सेल्स दी हुई है लास्ट ईयर की 20 मिलियन है रिसीवेबल 4 मिलियन है ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट है 12 परसेंट अब ये कंसिडर कर रहा है कि 2 परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया जाए और डेट्स हमें कितने दिन में मिल जाएंगे डेट्स हमें 10 दिन में विद इन टेन डेज के अंदर मिल जाएंगे Calculate whether the annualized cost of offering the discount, and state whether you would advise the discount to be offered. हम ये evaluate करने जा रहे हैं कि discount देना चाहिए या discount नहीं देना चाहिए तो ये evaluate करने के लिए हमें एक तो interest की percentage हमारे पास होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए दूसरा हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारा जो annualized cost of discount है वो annualized cost of discount कितना है ठीक है और ये जो फॉर्मूला भी मैंने बताया वन प्लस d अपॉन डी वाला फार्मूला ये फार्मूला कर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें डिस्काउंट देना चाहिए या डिस्काउंट हमें नहीं देना चाहिए तो फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर और फाइंड आउट करते हैं कि ये इस एग्जांपल में डिस्काउंट देना इज वर्थ वाइल और नॉट एक सेकेंड जो अच्छा हमारे पास जो इस वक्त डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें ये नहीं पता कि हमारे करंट अकाउंट रिसीवेबल डेज कितने हैं तो सबसे पहले तो हमने करंट अकाउंट रिसीवेबल डेज निकाले वो कितने है। उसका फार्मूला होता है रिसीवेबल ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो रिसीवल्स हमारे पास है चार मिलियन के सेल्स हमारे पास से हैं बीस मिलियन की मल्टीप्लाई बाय थ्री कितने दिन होंगे 73. 73. इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो पॉलिसी चल रही है उसके अंदर अंदर वो हमें 73 में कर कर रहा है है है है है ठीक अब हमने उसको हमने उसको उसको क्या कहा कहा कि दस दिन के दोगे सही तो हम दे देंगे सेवेंटी तो थ्री में से दस दिन माइनस कर दें तो अर्ली कितना देगा वो कितना रिडक्शन इन डेज होगा सिक्सटी थ्री ये टी आ गया ठीक है और डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट है टू परसेंट परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे सही है सहीसल्यूट टर्म्स में लेंगे फॉर्मूला लगाते हैं डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय पावर पावर आंसर निकाल सही इस में ये पावर में पहले इस पावर को सॉल्व कर ले पहले इस पावर को सॉल्व कर लें 365 डिवाइडेड बाय 63 करके ये पावर में माइनस वन अलग से हैं माइनस वन इसके साथ नहीं है माइनस वन जो ना वो सेपरेटली है तो so, 0.12 आ रहा है 0.1241 0.0.12417 सही है अब इसको सॉल्व करो टू टू अपऑन 98 वन प्लस टू अपऑन 98 को सॉल्व करो जीरो पॉइंट जीरो आंसर आता है इसमें प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर आता है सही की पावर लगाएं जो पावर आई थी थ्री सिक्सटी फाइव थ्री तो इसका आंसर जो बनेगा फाइनल वो बनेगा वन माइनस करने के बाद इसका आंसर बनेगा ट्वेल्व पॉइंट फोर वन फाइनल आंसर ट्वेल्व पॉइंट तो डिस्काउंट की कॉस्ट कितनी होगी ट्वेल्व पॉइंट फोर वन अब ट्वेल्व पॉइंट फोर वन डिस्काउंट की कॉस्ट है और इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है जो सेव होगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी दी हुई है बारह परसेंट तो कॉस्ट डिस्काउंट की ज्यादा है और इंटरेस्ट की जो सेविंग हो रही है वो कम है इसका मतलब है ये डिस्काउंट देना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि कॉस्ट ट्वेल्व पॉइंट फोर है और बेनिफिट सिर्फ ट्वेल्व परसेंट है तो अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें पॉइंट का नुकसान हो जाएगा डिस्काउंट देना इज नॉट फिजिबल ठीक है अब ये ये तो डायरेक्ट फार्मूला था एग्जाम में अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ फार्मूला पूछा जाए फार्मूले की मदद से आंसर निकालना होगा तो सिर्फ हमें दो चीजें दे देगा और उसकी बेसिस के ऊपर हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं लेकिन बाज दफा इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी डिटेल्स दी भी होती है और ये इवेल्युएट करने को कहा जाता है कि डिस्काउंट लेना चाहिए डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए तो फिर हमें फिर ये सवाल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता फिर इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में जाके जैसे हमने डेट फैक्टरिंग वाला सवाल किया था फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा तो अब हम एक सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल कैलकुलेशन आ जाए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स दी हुई है रेवेन्यू हमारे पास दिया हुआ है फोर मिलियन चार मिलियन की हमारे पास सेल्स हैं, और क्रेडिट पीरियड हमारे पास है चालीस दिन का क्रेडिट डे फोर्टी करंटली हमारे पास बेड uh, डेट्स हो रहे हैं थ्री परसेंट ऑफ सेल्स जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उसका थ्री परसेंट जो है वो बेड डेट्स में चला जाता है और ओवरड्राफ्ट का हमारा जो रेट चल रहा है ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है नाइन परसेंट और इस वक्त हमारे पास जो रिसीवेबल्स मौजूद है, हैं वो रिसिवेबल्स हैं फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड यह हमारी करंट पोजीशन है ठीक है अब कंपनी जो है वो एक डिस्काउंट ऑफर करने के बारे में सोच रही है और उस डिस्काउंट की परसेंटेज है 1 परसेंट वो डिस्काउंट किसको दिया जाएगा जब कस्टमर 14 डेज के अंदर पे कर दे, उनको डिस्काउंट दिया जाएगा और डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो बेड डेट्स होंगे वो थ्री परसेंट से रिड्यूस होकर टू पॉइंट फोर परसेंट पे आ जाएंगे पहले कितने हो रहे थे बेडडेट्स थ्री परसेंट अब कितने हो जाएंगे टू पॉइंट फोर परसेंट तो 2. कितना फायदा होगा बेडडेट्स के अंदर अच्छा कस्टमर जो डेज होंगे ना वो डिस्काउंट ऑफर करने के बाद हमारे जो कस्टमर डेज होंगे जो कि अभी फोर्टी डेज के ऊपर थे वो ट्वेंटी सिक्स डेज के ऊपर आ लेंगे पही? अच्छा डिस्काउंट जब हम ऑफर करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कस्टमर डिस्काउंट ले ले तो हमारे जो टू थर्ड ऑफ कस्टमर है ना वो तो डिस्काउंट ले लेंगे इसका मतलब है जो बाकी कस्टमर है वन थर्ड वाले वो तो डिस्काउंट में इंटरेस्टेड नहीं है अब हमें इवेल्युएट क्या करना है ये सारी सिचुएशन आ गई अब कंपनी सोच रही है कि डिस्काउंट ऑफर किया जाए या ऑफर नहीं किया जाए तो कंपनी ये सोच रही है डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो हमें डिस्काउंट देने से अगर फायदा होगा हम देखेंगे बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है तो हम बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि डिस्काउंट देने में फायदा ज्यादा है डिस्काउंट ना देने में फायदा ज्यादा ठीक है ठीके? अब उसका तरीका ये है कि क्या हमें इस वक्त हमें जो ये 40 डेज दिए हुए ये कस्टमर जो है वो का पीरियड जो है फोर्टी डेज का है। लेकिन हम चेक करेंगे हमारा एक्चुअल पीरियड कितना है एक्चुअल पीरियड के लिए हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारा फार्मूला कितना है तो सबसे पहले हमने डेटर डेज निकाले डेटर डेज का फार्मूला क्या होता है अकाउंट रिसीवल ले लेते हैं ऊपर और सेल से डिवाइड कर देते हैं 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वक्त कस्टमर हमें कितने दिन में पेमेंट करते हैं फाइंड आउट करें फिफ्टी डेज में पेमेंट करते है हालांकि हमने उनको पीरियड दिया हुआ फोटी डेज का लेकिन वो हमें फिफ्टी डेज में पे करना ठीक है और हमारे फिफ्टी डेज के अकाउंट हैं, अकाउंटल अब जब हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और नए कस्टमर को लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो रिसिवेबल्स है वो तो रिसिवेबल्स कितने हो जाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है कि नए कितने हो जाएंगे तो उसने हमें ये बताया कि जो रिसीवेबल्स हैं वो फाइनली 26 दिन के ऊपर आ जाएंगे तो हम नए रिसीवेबल्स निकालते हैं कि नए अकाउंट रिसीवेबल कितने हो जाएंगे तो सेल्स हमारे पास कितनी है सेल्स है हमारे पास 4 मिलियन की और कस्टमर जो हैं वो हमें 26 सिक्स डेज के अंदर पे करेंगे तो 26 से मल्टीप्लाई किया और थ्री से डिवाइड किया तो यह हमारे नए रिसिवल्स आ जाएंगे ये कितने होंगे सर टू एट फोर नाइन थ्री वन टू एट फोर नाइन थ्री वन पहले कितने थे अब कितने हो गए रिडक्शन निकालें रिडक्शन इन रिसीवेबल यह आंसर आएगा तकरीबन 550,000 फिफ्टी थाउजेंड अच्छा जितना अकाउंट अकाउंटल रिड्यूस होता है उससे फायदा क्या होता है सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट ओवरड्राफ्ट का रेट हमें पता होना चाहिए ओवरड्राफ्ट का रेट हमें दिया हुआ है 9 परसेंट टू सिक्स फाइव जीरो सिक्स एट को नाइन परसेंट से मल्टीप्लाई कर देव सिक्स टू थ्री एट फाइव सिक्स ये हमारी पहली सेविंग्स आ गई डिस्काउंट देते हैं तो उसका सबसे पहला फायदा हमें क्या हुआ कि हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी ठीक है उसके बाद दूसरा जो फायदा हमें होगा वो होगा सेविंग इन बेड डेट्स बेड डेट्स की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी पहले बेड डेट्स कितने थे तीन परसेंट आप कितने हो जाएंगे टू पॉइंट फोर परसेंट इसको सेल से मल्टीप्लाई कर दिया मिलियन uh, मिलियन लिखा जाए तो होंगे ये दूसरा बेनिफिट आ गया डिस्काउंट जब देंगे तो उसकी कॉस्ट लगेगी डिस्काउंट की परसेंटेज है हमारे पास वन uh, परसेंट <laughs> तो so, डिस्काउंट कितने लोग अवेल करेंगे टू थर्ड तो सेल्स का फोर मिलियन का टू थर्ड लोग डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट की कॉस्ट पड़ेगी वन परसेंट ये कॉस्ट निकालो कितनी होगी टू सिक्स पॉइंट सेवन टू सिक्स सिक्स सिक्स सेवन अब इसमें ये दो बेनिफिट्स हैं ये दो बेनिफिट्स हैं और ये कॉस्ट है दोनों बेनिफिट को प्लस करके कॉस्ट को माइनस करो तो सेविंग इन में 24,000 क्यों कि जो कैलेशन हमने, तो हमने की ना यहाँ चार हजार रखो फोर था कैलकुलेशन करो यही आंसर okay. तो तीन जीरो हटा दिया क्या चीज़ ये सेविंग है पहली वाली ये दूसरी वाली भी सेविंग है और तीसरी वाली कॉस्ट है माइनस में लिखी है दोनों को प्लस करके कॉस्ट माइनस करो क्या आंसर आता है पॉजिटिव आंसर आ रहा है जी इसका मतलब ये हुआ फोर फाइव इसका मतलब है नेट नेट बेनिफिट्स बेनिफिट्स अगर आ रहे हैं तो फिर हम डिसीजन क्या लेंगे डिस्काउंट देना अच्छी बात है और अगर ये आंसर माइनस में आ जाता तो इसका मतलब है डिस्काउंट देना अच्छी बात नहीं है तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए अब एक तो तरीका ये जो फार्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा दिया जाए और दूसरा तरीका है कि फॉर्मूले के लिए अगर डेटा अवेलेबल नहीं है या वो डिटेल में चीजें दी हुई हैं तो फिर हम इस तरीके से सॉल्व करके ये फाइंड आउट करेंगे कि बेनिफिट्स कितने हैं और कॉस्ट कितने अगर बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हैं तो ले लेंगे और अगर बेनिफिट कॉस्ट से कम है तो इग्नोर कर देंगे कहेंगे डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए <laughs> अच्छा लास्ट टाइम हमने फैक्ट्रिंग डिस्कस किया था फैक्ट्रिंग इश्यू डिस्कस कर लेते हैं फैक्टरिंग क्या होती है फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट टू हैलेक्टेड बाई अ फैक्टर कंपनी विच एडवाज अ प्रोपोर्शन ऑफ मनी इट इज़ ड्यू टू कलेक्ट फैक्टरिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि जो फैक्टर कंपनी होती है वो हमें हमारे कस्टमर से कैश कलेक्ट करके देती है और हमें कुछ एडवांस दे देती है और अगर बेड डेट्स वगैरह हो, तो बेड डेट्स की भी बाल दफ़ा रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ले, ले लेती है फैक्ट्रिंग करवाने के फायदे अगर एक कंपनी फैक्टरिंग पे जाती है तो उसका फायदा क्या होगा कि उसको कैश जल्दी रिसीव होगा जब कंपनी को कैश जल्दी रिसीव होगा तो कंपनी क्या कर सकती है कंपनी अपने सप्लायर को जल्दी पे करके डिस्काउंट ले सकती है कंपनी के पास कैश ज्यादा होगा कंपनी ज्यादा इन्वेंटरी बना के रख सकती है अच्छा जितनी सेल्स बढ़ती जाएंगी क्योंकि एडवांस का जो पोर्शन होता है वो इस तरह से कनेक्ट होता है 80% ऑफ सेल्स इसका मतलब है, जितनी सेल्स बढ़ती चली जाएंगी, हमारे पास कैश उतना ही ज्यादा आता चला जाएगा ग्रोथ कैन बी फाइनेंस थ्रू सेल्स और हमें अपना स्टाफ जो है रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्टाफ की कॉस्ट सेव हो जाएगी ये फायदा होता है इसके अंदर